साथियों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल अष्ट्री दासीज पे सितंबर माह तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है सितंबर माह तुला राशि के जातक कैसे प्रभावी बनाएं इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ अंक तुला राशि वालों के लिए क्या रहेंगे इनके लिए शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे ऐसे कौन कौन से दिन रहेंगे जिनमें तुला राशि के जातक यदि

काम जो है कुछ भी ठान ले तो उनके पूरे हो जाए प्रतिकूल तो दिवस कौन से रहेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे साथ ही साथ इस माह को प्रभावी बनाने के लिए कुछ हम आपको प्रयोग बताएंगे इनको आपको करना रहेगा लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिए और हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो रुकना नहीं चाहिए शेयर होने से

ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए तो चलिए दर्शकों तुला राशि के जो हमारे जातक रहेंगे इनके लिए बताते हैं लेकिन आ, सितंबर माह में हम मध्य प्रदेश आ रहे हैं उज्जैन और दिल्ली आ रहे हैं तो आप लोग इच्छुक दर्शक जो कोई भी हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके हमसे मिल सकते हैं तो देखिए तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह जो रहेगा ओवरऑल जो है

ठीक ठाक ही रहेगा बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते क्योंकि स्टार्टिंग में कार्यों में कुछ सफलता आपको जो है मिलेगी वहीं कुछ असफलताएं भी मिलेंगी कार्यों में आपके विघ्न आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं भूमि भवन से हानि होने के योग बन रहे हैं जी तो अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए लगे हैं तो इसमें आपको निराशा हाथ होगी कोर्ट कचहरी में यदि जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो इसमें आपके विपक्ष में फैसला आ सकता है तो इस बारे में ले करके आपका मन बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा

Uh, कोशिश कीजिएगा कि परिवार में किसी से प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद वगैरह मत जो है खड़ा करिएगा अन्यथा दिक्कत होगी और एक चीज़ बता दें मंथ के शुरुआत में ही कुछ सामान्य से जो आर्थिक लाभ रहेगा तो आपको कुछ धन की कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है uh, मुकदमों में इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे आपके जो सहोदर रहेंगे आपके जो खास रहेंगे उनसे आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे वाद विवादों से कार्यों में अवरोध आएंगे पद हानि का भय बना रहेगा अतः प्रयत्नपूर्वक वाद विवाद से आप

आपको बचना रहेगा वस्त्रों अथवा सफेद वस्तुओं से व्यापार में हानि होगी जी हां तुला राशि चुकी आपकी है यदि आप शक्कर से रिलेटेड चावल से रिलेटेड मैदे से रिलेटेड आटे से रिलेटेड

यदि कोई व्यापार कर रहे होंगे या वस्त्रों से रिलेटेड कर रहे होंगे तो इसमें कुछ हानि आपको हो सकती है देखिए हमारा काम है आपको बताना हमने आपको जो है पहले से ही गाइडेंस दे दिया कि आपकी हानि हो सकती है इसमें तो कोशिश कीजिएगा कि फूक फूक कर कदम रखिएगा आपको पता है कि इस माह हानि होने वाला है किसी को आप पैसा ही मत दीजिए इन्वेस्टमेंट ही मत करिए जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए और इस माह देखिए कुछ आपकी प्रिय वस्तु चोरी भी हो सकती है और चोट इत्यादि भी आपको लग सकती है

लेकिन 10 तारीख के बाद से सुदूर स्थान की यात्राओं का योग बन रहा है वहीं स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा

आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा शिक्षा में यदि कोई विघ्न आ रही थी तो ये खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है नौकरी पेशा वर्गों में प्रमोशन प्राप्त होने के योग हैं लेकिन 10 से पहले कुछ टर्मिनेशन भी हो सकता है और स्वरोजगार कर रहे व्यक्तियों को कुछ और भी रोजगार के अवसर मिलेंगे सोर्स ऑफ इनकम उनकी एक से अधिक रहने वाली है और उच्चाधिकारियों से कुछ इस बीच आपके बाद विवाद भी, भी जो है उभर करके सामने आ सकते हैं वहीं एक और बता दें

कि आपको अपने खर्चों पर बड़ी नियंत्रण रखने के सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं यदि आप खर्च पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि किसी शाह जो है शादी वैवाहिक कार्यक्रम में किसी पार्टी में आप जो है प्रतिभाग करते हुए नज़र आएंगे और कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने फ्रेंडसिप सर्किल में या दोस्तों में बांटते हुए नज़र आएंगे जिससे आपका जो खर्च का दायरा है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस माह आपको धन धान्य

भोग विलास के साधनों की प्राप्ति होगी कोई नया वाहन वगैरह भी क्रय कर सकते हैं घर परिवार का सुख अच्छा मिलेगा नेत्र रोग तथा रक्तचाप से संबंधित रोगों से छुटकारा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है तथा आपसी जो बात विवाद था ये भी खत्म होगा 10 से 20 के बीच में दांपत्य जीवन देखिए आपके जो है सुखद रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि की...

जीवन साथी को प्रसन्न रखिएगा कुछ रखिएगा अपशब्दों से अपशब्द का प्रयोग मत करिएगा और उनके ऊपर किसी प्रकार का शक मत करिएगा आपकी बातचीत में उदारता परिलक्षित होगी आपके जो संतान हैं ये

आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे जी हां आप अपने संतान के कारण इस बीच जाने जाएंगे कोई बहुत ही प्रसिद्धि वाला काम करते हुए आपके संतान नजर आएंगे इस माह में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ देखिए होगी कोई अचानक से राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता इसके साथ साथ जो कोई भी विदेश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑयल का कारोबार कर रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट का कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता ये माह लेकर के आया है वहीं बीस से तीस की यदि हम बात करें तो कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा

और आपका व्यय बहुत अधिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स वर्क के लिए सफलता भरा समय रहने वाला है कोई नया प्रेम संबंध इस माह स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है अविवाहित लोगों के लिए विवाह के कोई जो है यहाँ पर प्रस्ताव आते हुए दिखाई चलेंगे जो आगे चल करके ए, क्या कहते हैं वैवाहिक उसमें जो है परिणित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो तुला राशि के जात देखिए इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस आपके लिए कौन सा रहेगा तो दो तारीख नौ तारीख चौदह तारीख

पंद्रह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख और बाईस तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख तीस तारीख ये जो दिवस रहेंगे आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे आंख बंद करके इसमें काम करिएगा आपके काम सिद्ध होंगे और वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो चार तारीख सात तारीख बारह तारीख इक्कीस तारीख अट्ठाईस तारीख

ये आपके लिए सर्वथा प्रतिकूल दिवस रहने वाले हैं इन दिवसों में आपको बचकर के रहना है देखिए हमारा काम था आपको अलर्ट करना इस माह में सर्वाधिक शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो स्काई ब्लू कलर आपके लिए साहब बहुत शुभ रहेगा व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहेगा इन कलर का यदि आप प्रयोग करते हैं रोजमर्रा के जो है साधनों में तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए शुभ उपाय आपको क्या करना है तो कोशिश कीजिएगा कि प्रातःकाल जल्दी उठ करके इक्कीस बार आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना

जी हाँ पाठ करना रहेगा इक्कीस बार और दूसरा एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि मंडे वाले दिन सोमवार वाले दिन चावल का चीनी का और दूध का दान किसी गरीब महिला को आपको करना है जो जरूरतमंद हो ये दो प्रयोग आप करिएगा तीसरा एक प्रयोग और हम आपको धन से संबंधित बता देते हैं शुक्रवार वाले दिन अनार का रस

भगवान शिवलिंग पर आपको चढ़ाना रहेगा ओम नमः शिवाय मंत्र से ये तीन प्रयोग आप करिए और देखेंगे कि इस माह जो आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी दर्शकों हमारे प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अभी तक आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस ज्योतिष के ऐतिहासिक चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए और फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को जमकर शेयर करिए

कि सोशल मीडिया पर क्रांति आ जाए तूफानी आ जाए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार